कर दिया दर्द सा चैन चीना इश्क के एहसास ने देखी है तेरी प्यास दे सुर है कुछ तो ज़रूर है ये तू आ of says ka uh -huh. वो अब जिस तू ही मै तेरा तेरा मां तो तेरा तेरा, तेरा अच्छा तो तो